मिस्र मिस्र के के पिरामिड उस समय के दौरान निर्मित जब मिस्र दुनिया की सबसे सबसे समृद्ध और शक्तिशाली सभ्यताओं में से एक था पिरामिड विशेष रूप से गीजा के महान पिरामिड इतिहास में सबसे शानदार मानव निर्मित संरचनाओं में से हैं। उनका विशाल पैमाना उस अनूठी भूमिका को दर्शाता है जो फिर या राजा ने प्राचीन मिस्र के समाज में निभाई थी दोस्तों आज की मिस्टीरियस दुनिया इन हिंदी सीरीज की वीडियो में हम मिस्र के महान पिरामिड के बारे में बताएंगे तो चलिए फ्रेंड्स बिना समय बर्बाद कर अपनी वीडियो शुरू करते हैं पिरामिड पुराने साम्राज्य की शुरुआत से चौथी शताब्दी ईसवी में टॉलेमिक काल के अंत तक बनाए गए थे पिरामिड निर्माण का शिखर तीसरे राजवंश के अंत से शुरू हुआ और लगभग छठे तेईस ईसा पूर्व तक जारी रहा 4000 से अधिक वर्षों के बाद मिस्र के पिरामिड अभी भी अपनी भव्यता को बरकरार रखते हैं जो देश के समृद्ध और गौरवशाली अतीत की एक झलक प्रदान करते हैं मिस्र के समाज में फिर पुराने साम्राज्य के तीसरे और चौथे राजवंशों के दौरान मिस्र ने जबरदस्त आर्थिक समृद्धि और स्थिरता का आनंद लिया मिस्र के समाज में राजाओं का विशिष्ट स्थान था माना जाता है कि मानव और परमात्मा के बीच कहीं उन्हें देवताओं ने स्वयं पृथ्वी पर उनके मध्यस्थ के रूप में सेवा करने के लिए चुना था इस वजह से राजा की महिमा को उसकी मृत्यु के बाद भी बरकरार रखना सभी के हित में था जब उसे मृतकों का देवता और शुरुष माना जाता था नया फिर बदले में होरस बन गया बास देवता जिसने सूर्य देवता राके रक्षक के रूप में सेवा की पिरामिड के चिकने को वाले पक्ष सूर्य की किरणों का प्रतीक थे और राजा की आत्मा को स्वर्ग में चढ़ने और देवताओं विशेष रूप से सूर्य देवरा में शामिल होने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए थे क्या तुम्हें पता था प्राचीन मिस्रवासियों का मानना कि जब राजा की मृत्यु हुई तो उसकी आत्मा का हिस्सा उसके शरीर के साथ रहता था उसकी आत्मा की ठीक से देखभाल करने के लिए लाश को ममीकृत कर दिया गया था और राजा को उसके बाद के जीवन में जो कुछ भी चाहिए था उसे उसके साथ दफनाया गया था जिसमें सोने के बर्तन भोजन फर्नीचर और अन्य प्रसाद शामिल थे पिरामिड मृत राजा के पंथ का केंद्र बन गए जिसे उनकी मृत्यु के बाद भी अच्छी तरह से जारी रखना चाहिए था उनका धन न केवल उसके लिए बल्कि उसके रिश्तेदारों अधिकारियों और याजकों के लिए भी प्रदान करता था, जो उसके पास दफन किए गए थे। प्रारंभिक पिरामिड, राजवंशीय युग २९५० ईसा पूर्व की शुरुआत से शाही मकबरों को चट्टान में उकेरा गया था और फ्लैट छत वाले आयताकार संरचनाओं से ढके हुए थे जिन्हें मस्तबाज कहा जाता था जो पिरामिड के अग्रदूत थे मिस्र में सबसे पुराना ज्ञात पिरामिड सक्कारा में छब्बीस सौ ईसा पूर्व के आसपास तीसरे राजवंश के राजा जोसो के लिए बनाया गया था स्टेप पिरामिड के रूप में जाना जाता है यह एक पारंपरिक मस्तबा के रूप में शुरू हुआ लेकिन कुछ अधिक महत्वाकांक्षी हो गया जैसा कि कहानी आगे बढ़ती है पिरामिड के वास्तुकार इमोटेप थे जो एक पुजारी और मरहम लगाने वाले थे जिन्हें लगभग 1,400 साल बाद शास्त्रियों और चिकित्सकों के संरक्षक संत के रूप में प्रतिष्ठित किया जाएगा के लगभग 20 साल के शासनकाल के दौरान पिरामिड बनाने वालों ने पत्थर की छह सीढ़ीदार पर्तों को इकट्ठा किया जैसा कि मिट्टी ईंट के विपरीत सबसे पहले के मकबरों की तरह जो अंततः दो फीट बासठ मीटर की ऊँचाई तक पहुँच गया यह अपने समय की सबसे ऊँची इमारत थी के के बाद चरणबद पिरामिड शाही के लिए आदर्श बन गया। हालांकि उनके वंशवादी उत्तराधिकारियों द्वारा नियोजित उनमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ था शायद उनके अपेक्षाकृत कम शासनकाल के कारण पिरामिड के रूप में निर्मित सबसे पहला मकबरा दहशूर में लाल पिरामिड था जो चौथे राजवंश के पहले राजा दो हजार छह सौ तेरह पच्चीस के लिए निर्मित तीन दफन संरचनाओं में से एक था पिरामिड के कोर के निर्माण के लिए इस्तेमाल किए गए चूना पत्थर के ब्लॉक गीजा के महान पिरामिड आधुनिक समय के काहिरा के बाहरी इलाके में नील नदी के पश्चिमी तट पर एक पठार पर स्थित गीजा के महान पिरामिडों की तुलना में कोई पिरामिड अधिक नहीं माना जाता है गीजा में तीन पिरामिडों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा जिसे ग्रेट पिरामिड के रूप में जाना जाता है प्राचीन विश्व के प्रसिद्ध सात अजूबों में से एकमात्र जीवित संरचना है यह फिर ग्रीक में चेप्स स्नेफ्रू के उत्तराधिकारी और चौथे राजवंश के आठ राजाओं में से दूसरे के लिए बनाया गया था हालाकि खुफू ने तेईस वर्षों दो हजार ईसा पूर्व तक शासन किया उसके पिरामिड की भव्यता से परे उसके शासन के बारे में अपेक्षाकृत कम जानकारी है पिरामिड के आधार के किनारे औसतन सात फीट 230 मीटर हैं और इसकी मूल ऊंचाई चार फीट एक मीटर थी जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड बन गया खुफू की रानियों के लिए बनाए गए तीन छोटे पिरामिड ग्रेट पिरामिड के बगल में खड़े हैं और पास में एक मकबरा पाया गया था जिसमें उनकी मां रानी का खाली ताबूत था अन्य पिरामिडों की तरह खुफू मुस्तबास की पंक्तियों से घिरा हुआ है जहां राजा के रिश्तेदारों या अधिकारियों को उसके साथ जाने और उसके बाद के जीवन में समर्थन देने के लिए दफनाया गया था गीजा में मध्य पिरामिड खुफो के बेटे फिर खफरे दो के लिए बनाया गया था। खफरे का पिरामिड पिरामिड गीज़ा का का दूसरा सबसे है और इसमें खफ़रे मकबरा है खफरे के पिरामिड परिसर के अंदर निर्मित एक अनूठी विशेषता ग्रेट स्पिंग्स थी जो एक आदमी के सिर और एक शेर के शरीर के साथ चूना पत्थर में खुदी हुई एक संरक्षक मूर्ति थी यह 240 फीट लंबी और 66 फीट ऊंची प्राचीन दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति थी अठारह में राजवंश 1500 ईसा पूर्व में ग्रेट स्पिंग्स की पूजा की जाने लगी जैसे कि भगवान होरस के स्थानीय रूप की छवि गीजा में सबसे दक्षिणी पिरामिड खफरे के बेटे मेनकोर दो हजार पाँच सौ बत्तीस के लिए बनाया गया था यह 218 फीट का तीनों पिरामिडों में सबसे छोटा है और छोटे पिरामिडों का अग्रदूत है जिनका निर्माण पांचवें और छठे राजवंशों के दौरान किया जाएगा पिरामिड का निर्माण किसने किया था हालांकि इतिहास के कुछ लोकप्रिय संस्करणों में यह माना जाता है कि पिरामिड गुलामों या विदेशियों द्वारा श्रम में मजबूर किए गए थे क्षेत्र से खुदाई से पता चलता है कि श्रमिक संभवतः मिस्र के मूल कृषि मजदूर थे जिन्होंने वर्ष के समय में पिरामिड पर काम किया था जब नील नदी में बाढ़ आई थी पास की अधिकांश भूमि खुख के महान पिरामिड के निर्माण के लिए पत्थर के लगभग 2.3 मिलियन ब्लॉक प्रत्येक लगभग 2.5 टन का औसत को काटना परिवहन और इकट्ठा करना पड़ा प्राचीन ग्रीक के इतिहासकार ने लिखा है है। कि इसे बनाने में 20 साल लग गए और लाख लोगों की श्रम की आवश्यकता है। लेकिन बाद पुरातात्विक साक्ष्य पता चलता है कि कर्मचारियों की संख्या वास्तव में लगभग 20,000 हो सकता है पिरामिड युग का अंत पूरे पांचवे और छठे राजवंशों में पिरामिडों का निर्माण जारी रहा लेकिन इस अवधि के दौरान राजाओं की शक्ति और धन के साथ साथ उनके निर्माण की सामान्य गुणवत्ता और पैमाने में गिरावट आई बाद के पुराने साम्राज्य के पिरामिडों में राजा ओनास दो हजार ईसा पूर्व से शुरू होकर पिरामिड बनाने वालों ने दफन कक्ष की दीवारों और पिरामिड के बाकी हिस्सों पर राजा के शासनकाल में घटनाओं के लिखित खातों को लिखना शुरू कर दिया पिरामिड ग्रंथों के रूप में जाना जाता है ये प्राचीन मिस्र से ज्ञात सबसे प्रारंभिक महत्वपूर्ण धार्मिक रचनाएं हैं महान पिरामिड निर्माताओं में से अंतिम छठे राजवंश के दूसरे राजा पेपी दो, दो हजार दो ईसा पूर्व थे जो एक युवा लड़के के रूप में सत्ता में आए और चौरानवे वर्षों तक शासन किया अपने शासन के समय तक पुराने साम्राज्य की समृद्धि कम हो रही थी और गैर-शाही गैरशाही के अधिकारियों की शक्ति बढ़ने के कारण फिरौन ने अपनी कुछ दिव्य स्थिति दी थी पेपी दो का पिरामिड सकारा में बनाया गया था और उसके शासनकाल में लगभग 30 साल पूरे हुए पुराने साम्राज्य के अन्य लोगों की तुलना में बहुत छोटा एक फीट था पेपी की मृत्यु के साथ राज्य और मजबूत केंद्र सरकार वस्तुत हो गई और मिस्र एक मिस्रत चरण में प्रवेश कर गया जिसे प्रथम मध्यवर्ती अवधि के रूप में जाना जाता है बारह में राजवंश के बाद के राजा तथाकथित मध्य साम्राज्य के चरण के दौरान पिरामिड निर्माण में लौट आएंगे लेकिन यह कभी भी महान पिरामिड के समान पैमाने पर नहीं था पिरामिड आज प्राचीन और आधुनिक दोनों समय में मकबरे के लुटेरों और अन्य बर्बर लोगों ने मिस्र के पिरामिडों से अधिकांश शवों और अंतिम संस्कार के सामानों को हटा दिया और उनके बाहरी हिस्से को भी लूट लिया। उनके अधिकांश चिकने सफेद चूना पत्थर के आवरणों को हटाकर कर ग्रेट पिरामिड अब अपनी मूल ऊँचाइयों तक नहीं पहुँचते हैं उदाहरण के लिए खोकू की ऊँचाई केवल चार फीट है फिर भी